रुक जाओ राधा यदि कृष्ण की ओर तुमने एक कदम भी और बढ़ाया रुक जाओ तो तुम संसार में अजीवन और पवित्र कहलाओ